रावण प्रणाम प्रणाम महाराज महाराज महाराज खुशी रखा है है प्रेम प्रेम शिवजी शिवजी अब मढ़ा ली सके बढ़ से के दर्शन कर सकता लनकम समय धनुष धरती में तीन पृथ्वी को आजाद अब देवता मन करा गजल जाकर बता दी ब्रह्मा जी ने कहते काम पूरा हो गया रामन धनुष कहा तो मारे तो धरती में तो वो तो वजन तो वो ते वो किसे नहीं शिवजी बढ़ गया तीन हो धनुषरा के के बना रहे बने आदमी पावर दे है शिव जी कहे लग दधीची नाम के महात्मा प्रेम से हो गुरुदेव भगवान की संतना होते दुनिया में तो जल जाता संसार साधु मन के, के कृपा से चला थे बात अपन सरीला दान करदी हाड़ा से से धनुष धनुष बनाई मारे फिर पूरा प्रेम भगवान की के महाराज शिव जी कटवत डोरी बाथ के डोल अत्रिपुरा सुनला मारे बार सोया नारायण का काण बने छुली काण प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान ठीक जय ओहुई संधान करे और रचर जात ले गणपट के जात से बांध के के और संधान करे ना त समुद्रक करीम तीन ठन पुरी ऋषि हां त्रिपुरा समुद्रक भितरी में तीन ठन नगरी ये कोकनी है चल तो तरिया भीतर घर बना के बताते बनाई सकबो अब बनाईदारबो त रहई नहीं सकनु तरिम कैसे रहेगा पानी भितरी तीन खानपुरी पहली थी मिस्त्री मैन कैतरी से कल्पना मात्र से है आ, नी ओ ओ कल्पना से सोचियो बन जा ऐसे कारीगिरी डिस्कर्मा ओला गारा लागे न ईंटा लागे न پتھرا लागे न छड़ लागे ओ सोचे तब किम बन जाएगी और आजकल के मिस्त्री मारला ते साल भले तोर घर खवा खवा सोचवावे इतनी बनता है हलेगा संतान बनियो कर बबल बनियो ओ तो 10 भाव ऐसे गोली झुलायो धागा लमाथे एक दिन वो गोली झुलाय के रोजी बता देते आज आज आज आज आज आज आज आज आज वो से विज्ञान प्रेम दुर्गा तीन टन ना सोई वजन काबर महाराज कथे दधीजी का आत्मा प्रवेश है न प्रेम सिंह दुर्गा मैया दधीजी के निवाई जीवन के कल्याण प्राण होते वजन बढ़ जतेम से मन कहते जनन महाराज रावण का लखण के थोड़े मुक्ति मिली तो भगवान दी। मुक्ति दी प्रेम से बोल दुर्गा मिलिया तो तोर तो धनुष धनुष धनुष से से तोर आओ का आत्मा है तब तो सफल आहुति प्राण के तो पूजा होना जरूरी ही ना कहा मारे गजन कते जनक के राज में धनुष से प्रेम की। अरे तो जनक जी तोर चला पूजा करो रोज खबर बताए कौन जी देवता मन सोच है कैलाश में कौन पहुँचे लगे अरे परशुराम जी परशुराम जी आगे की ज़रूरत सुखी जरूर लोहे की ज़रूरत जरूर लोहजे जिंदगी के लिए का भजन चाहिए आत्मा के लिए ओ भजन चाहिए आत्मा के लिए जरूर तो हो जैसे आंसों की जरूर तो हो जैसे जिंदगी के भजन चाहिए आ आत्मा तो के लिए तो तू भजन चाहिए आत्मा तो के तो तीर तीर तीर करा है परसुरा, परसुरा, है लगे प्रेम से दुर्गा की नानमुन नहीं परि दता इक्कीस बार से विन कर दी से धरती ला ऐसे भी अपन के पावर वाला है वो कते अपन करियो मैं के नाम जमदग्नी प्रेम से बोल एक दिन के बाद जमदग्नी माला जाप करत है अब रेणुका माता सरोवर निष्न करे चलती अब स्नान करे किस नही देवलोक देवलोक देवलोक के मान, देव के मान स्नान नहीं नहीं उमन बार मृत्यु लोक में में आ रहे हो नतारिया कहीं हमन ओम है देवलोकान करी तुम उसने देवता मान हाँचे स्नान करेला थे, थे मृत्यु लोग प्रेम से बोल दुर्गा की माता रेनुका हाँ देख के मन में काम जाग के प्रेम जागा पानी छिट देते दूसरा घर वालों ऊपर पानी छिट देते जतक नोर घर वाला चीता तब परसुराम के ओकर माता हा, वो गंधार घर वाल वाली वाल अब शरम सब जन छे जान। दो पानी। छे जनता कैसे देख के माता के मन में प्रेम जांच दूसरा घर वाले ऊपर पानी छिट देते मन में पाप और थोड़े देखदारेम से जमदगनी कदम रखीश आश्रम रेणुका कदम मात्र तोर पाप रूपी कदम कथे का होबे महाराज तोर मन में व्यभिचारी हो गया पति के हाथ में दूसरा पति कामना करे कैसा ओकर पुत्र म लबलाई परशुराम के भाई मन अरे पुत्र हो कथे का पिताजी तोर माता से पाप हो के परसल कलम कर दो आओ हाँ घेरला पूछ देव कहां कथे लेका अपन महारानी घेरला पुगी परशुराम के सबो भाई मन मुड़ील गड़िया दी अब तो बन के मां कैसे मडर कर करबो निहार कहां सब जनमुरिल गड़यई ना आज्ञा पालन नहीं करी होत के जान परशुराम संविधा लेके लखड़ी लेके परसा फरसा धरे चले जंगल पसीनम तरबता जधरंग में लखड़ी पटकी जमदगनी देखिस गा ए परशुराम तते पिताजी आज्ञा पालन हो काय आज्ञा है, है? तोर महतारी गेच ल काट देकी तू भाई परसा छक कर कहां पर ककनी पूछी सो प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान ठीक जय कहां पर ककनी पूछी सुठाई फरसा अच्छा कर दे दिस गा जमदगनी तो भाई भाई के साल कर दो गोंदी लहू में फरसल चरण उसे प्रसन्न होगे आशीर्वाद तो भक्त से मैं प्रसन्न हो का वरदान महाराज कहते हे वरदान दे कैसे जब देव दाईया भाई जुड़ जाए। अब मैं मारे ज्ञान मत रहे हूं मन में दुख आएसे आएसे कीस कीस हो मस्तू हाथ करी एक दो तो, पचास डी गई कैसे देवता मन ऐसे करते फोकस मोर निकलते फिर अंजोर में नहीं अंधियार में मुड़ी जुड़ गए बिल्डिंग हो के ददा। हम, हम ज्ञान खड़े हैं पर्णा पर्णा के भाई मार। भाई मार। है नी? नी? नी? हाँ, नहीं है लेकिन ले माता पर हथियार उठाये मातृहत्या लगीदेव भगवान पिताजी आपके आज्ञा पालन करे बार में महातारी मातृ हत्या लग गए एक निवारण कैसे होगा तब बे। बे। बे। बे कर बेटा और तीर्थ तीर्थयात्रन करके आखिरी कैलाश जाबे और कैलाश तो जाबे ना तो नंकर जी का आज्ञा पालन कर हत्या जा तीर्थ करीर्थया करशुराम कैलाश आत भगवान भोले बाबा हम हम हम हम तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी हो तुम नहीं उधर थी घर है तेला अब जय कैलाशी बाबा हम ना तुम्हारी हो हम ना तुम्हारी तुम्हारी हम तुम्हारी बाबा परशुरामे आप परशुराम प्रणाम करीन हर हर महादेव आव परशुराम आओ परशुर आगमन आओ आजेज महाराज लगे आए हो लेकिन मातृ हत्या कैसे का ठीक मातृहत्यापड़े बेटा कैसे वो धनुष के पता बता दे टूटी नही दिन तोर तपस्या टूटी तह समझ दे तोर मातृ हत्या पर लगे, लगे कहा जनक, जनक के राज में जाद, जाद। जनक की स्वागत आओ आओ नहीं कैसे होते नहीं संता सरदा तपो जागत के दर्शन करेले करोड़ों जन्म पाप ऐसे आओ भाई पापे के समय ज्ञानी मैना जनाग जनाग जी। हाँ। हाँ। स्वागत करी स्वागत स्वागत स्वागत करी करी करी करी आओ आओ महाराज प्रेम बोल गुरुदेव की सब दादा प्रणाम और तब आगमन कैसे हो कते तो रात में कते कते महाराज महाराज ओकर पूजा करना है प् है करे राजू नि तीन लोग चौदह भवन में पावर नहीं है केवल भगवान भगवान के छोर से प्रेम की ती जनक जीव में रात में पहरा लगवा दीस अशुद्धि नहीं होना चाहिए मंदिर के घेराव करवाते रोज वो धनुष की पूजा महेंद्रगिरि करवा पर, पर महेंद्र अब पर एक, एक दिन के बाद दोनों जन कैलाश में खेलत रह खेल खेल दोनों जन मृत्यु लोग मृत्यु लोग में सब बहिनी मन हा अपन अपन भाई राखी बांधे पर जाता राखी तिहार के दिन नद्री देखा ते आईवा काही तबा काही काही ऐसे मुंह लढाके डे रोटी मा आवा और फिर देखे ऐसे ये माता मन की मर्यादा ये एक एकरे से ती तुमाला देवी कती देवी हमला नी कहा है देवा में बाका छोकरे मनला कथे का माता मनला कथे देवी ये दे गली जात था मुढा पानी जात था मुढा भात सा कोरसा था मुढा तीजा जात था ते मुढा रे तात काल कहां पावे नावानेवाने नाते ते ढाके रे गडा बिजली खंभ हम झापा जाएगी होई होई होई तहन तहन टंगा भाई दिन एक लोग ले जा।, जा।, जा कोई मतलब नहीं मर्यादा महाभारत में द्रोपदी शैलेन्द्री कैलेन्द्री दसो इंद्री जीत रातकाल कहा शैलेन्द्री गाँव गाँव लेद्री लेद्री तुम्हारा थोड़े नहीं करे मेरा वाला आते दे है खाता हम बार जन्म धरे हरे अरे को आजा भगवान के कथा में सुंदर माता मंदिर